ज तक समझ नहीं आया कि काम करने के लिए जीता हूं या जीने के लिए काम करता हूं बचपन में सबका बार बार पूछा गया सवाल बड़े होके क्या बनना है जवाब अब मिला फिर से बच्चा बनना है